सिंगापुर के एक फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम है नरिस सुचता उसका यूट्यूबल है, है उसने करोग को चार सौ छत्तीस करोड़ का छूना लगा लिया जी हाँ दिखने में बोली बाली सी यूट्यूबर काफी चालाक निकली शायद इतना पैसा वो यूट्यूब ऐसी कभी कमा नहीं पाती जितना उसने लोगो को चूना लगा के कमा लिया है इस पॉपुलर था असली नाम है नाट मान जो की जरूरत है और, करीण करीण है। और वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती है और करीब थर्टी फाइव परसेंट रिटर्न भी देगी कस्टमर को एक पोस्ट में यह डालते हुए क्लेम किया अगर वो उसे कोई पेमेंट देता पैसा देता है एज ए इवेस्टमेंट तो वो करीब 25 परसेंट रिटर्न करेगी तीन महीने के पीरियड में अगर वो उसे छः महीने के लिए पेमेंट देता वो करीब 30 परसेंट रिटर्न करेगी और करीब 12 महीने के लिए करता है तो करीब 35 परसेंट प्रॉफिट रिटर्न करेगी ऐसा उसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में क्लेम किया था क्योंकि ये यूट्यूबर का फेमस थी और इंस्टाग्राम पे भी इसके अच्छे खासे फॉलोवर है थाईलैंड में तो काफी सारे लोगों ने इस पर विश्वास जता के और कई सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और करीब 6000 लोग इसके जासे में भी आ गए पहले तो उसने लोगों को मंथली पे आउट भी किया टाइम टू टाइम लेकिन कुछ महीनों बाद वो इन हो गई सोशल प्लेटफॉर्म से दोनों यूट्यूब और इंस्टाग्राम से आप देख सकते हैं कि पहले हर महीने उसके YouTube पे पांच छह वीडियो आ जाते थे लेकिन पिछले पांच महीनों से वो इनएक्टिव है इन छह हजार में से करीब 102 लोगों ने पुलिस को कंप्लेन की कि ऐसा उनके साथ फ्रॉड हो चुका है लेकिन तब तक, तक वो विदेश भाग चुकी थी एक्चुअल में ये सारा पैसा वो फोरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके मोटी रकम कमाना चाहती थी लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो फेल हो गया उसका उसका एक मेल विक्ट ऐसा था की उसने करीब साढ़े ग्यारह करोड़ रूपए उसे दिए थे और सारा का सारा उसका पैसा टूट गया तो उसने रिपोर्ट लिखा करीब चौदह लाख अठारह था उसने नटी को दिए थे लेकिन वो डूब चुका है तो ऐसे ऐसे करके करीब छह इन्वेस्टर थे उसके पास और सारे के सारे सर पे हाथ रख के रो रहे वैसे इतना सारा अमाउंट उसने लॉस तो नहीं किया होगा जरूर उसने कुछ न कुछ जुआड़ करके वो विदेश भाग गई होगी जैसा आपने देश में विजय माल्य ने किया और कई सारी कंपनियां ऐसा काम कर दी है लेकिन एक फीमेल यूट्यूबर ने गजब का चुना लगा दिया वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए